दिल लगी का पता नहीं पर वतन तो बात वतन की आई तो हम सबसे बड़े दिलेर हैं बात वतन की आई तो हम सबसे बड़े दिलेर हैं मैं पैदा ही फौजी हुआ था यारों बस वर्दी मिलने की देर है मैं पैदा ही फौजी हुआ था यारों बस वर्दी मिलने की देर है वही वर्दी जिसके आगे दुनिया की हर ब्रांड फेल है चमकेंगे सितारे अपने भी बस थोड़े दिनों की उलट है मैं पैदा ही फौजी हुआ था यारो